अरे नितिन भाई मेरी फ्रेंड लिस्ट में डेकोर भाई हैं उनको ग्रुप में बुलाऊं क्या अरे हाँ हाँ भाई बुलाना उनको चलो गाइज आज डेकोर भाई के थोड़े मजे लेंगे अरे डेकोर भाई आज नितिन भाई को आप कुछ चैलेंज दे दो चलो